तो चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा एक नियम लाया गया है जो भी बच्चे कोरोना में अनाथ हो गए हैं माता पिता का मृत्यु हो गया है और बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए भारत सरकार ने 23 वर्ष होने पर उनको 10 लाख रुपए देगी तथा और भी सुविधाएं उनको दी जाएगी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि ये सूचना उन लाभुक तक सीधे पहुंचे जो इस कोरोना काल में अनाथ हो गए हैं तो चलिए इस न्यूज़ को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ देख सकते हैं कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगी पेंशन अनाथ बच्चों की मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा कही गई बातें हैं यहाँ देख सकते हैं केंद्र सरकार ने शनिवार को कोरोना के चलते जान गवाने वालों को क्या आश्रितों को पेंशन दिए जाने सहित यानी पेंशन भी देगी सरकार उसके सहित अन्य सुविधाएँ देने की घोषणा की वहीं अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी अठारह वर्ष की उम्र पूरी होने तक मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी यानी पेंशन दी जाएगी अठारह वर्ष तक पूरे होंगे तो मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी और तेईस वर्ष का होने पर दस लाख रुपये की मिलेगी पी के ने एक बयान जारी कर बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की पेंशन योजना को उनके लिए भी विस्तारित किया जा रहा है यानी उन अनाथ बच्चों के लिए एस की जो पेंशन योजना है विस्तारित किया जा रहा है जिनकी मौत कोरोना से हुई है ऐसे पीड़ितों के आश्रितों को दैनिक वेतन के नब्बे के बराबर पेंशन मिलेगी जिनकी मौत कोरोना से हुई है ऐसे पीड़ित क्या आश्रितों को औसत दैनिक के वेतन के नब्बे परसेंट के बराबर पेंशन मिलेगी यह लाभ पिछले साल चौबीस मार्च से प्रभावी होगा यानी पिछले साल चौबीस मार्च से ये नियम नियम जो हैं प्रभावी होंगे यानी पिछले साल भी कोरोना का कहर था जिसमें बहुत सारे अनाथ बच्चे हुए थे ये नियम तब से लागू होंगे यह लाभ पिछले मार्च चौबीस मार्च से प्रभावी होगा इसमें चौबीस मार्च दो हज़ार बाईस तक के मामलों के लिए होगा पीएमओ ने कहा कि एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस ईडीएलआई योजना के तहत बीमा के फायदों का विस्तार किए जाने से उन कर्मचारियों के परिवारों को लाभ मिलेगा जिन्होंने कोरोना से जान गंवाई है बीमा के लाभ के तहत मिलने वाले सर्वाधिक राशि को छः लाख रुपये से सात लाख किया गया जबकि कम से कम ये राशि ढाई लाख रुपए हो गए ये योजना पंद्रह फरवरी 2020 से बीस ये देरा यहाँ पे पाँच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा यानी ऐसे सभी अठारह साल तक के बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पाँच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा इसका प्रीमियम पीएम केयर फंड से दिया जाएगा यानी पाँच लाख का स्वास्थ्य बीमा भी उनको कवर किया जाएगा देख सकते हैं प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम बच्चों के समर्थन और सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे एक समाज के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और उज्ज्वल भविष्य की आशा जगाएं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी का ये स्टेटमेंट है जो कहे हैं बच्चों की पेंशन मुफ्त शिक्षा और उसके साथ साथ जो यहाँ देख सकते हैं तेईस वर्ष का होने पर दस लाख रुपये की राशि भी दी जाएगी तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उस अनाथ बच्चे तक ये सभी मैसेज पहुंचे और उनको अधिक से अधिक लाभ मिले धन्यवाद